नमस्ते और वापस स्वागत है इस लेक्चर में हम C++ फंक्शन कॉल में पॉइंटर के यूज को देखेंगे यहाँ हम पहले से ही अध्ययन किया गए कुछ प्रासंगिक विषयों को संक्षिप्त में रिकेप देखते हैं हमने C++ में बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट को देखा हमने C++ में पॉइंटर डेटा टाइप और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और कंटेंट ऑफ ऑपरेटर को देखा था हालांकि हमने अभी तक के सभी उदाहरण में एड्रेस ऑफ और कंटेंट ऑफ ऑपरेटर को सेम फंक्शन में यूज किया है इस लेक्चर में हम इन एड्रेस ऑफ और कंटेंट ऑफ ऑपरेटर को अक्रॉस फंक्शन में यूज को देखने जा रहे हैं तो हम देखने जा रहे हैं अक्रॉस फंक्शन में पॉइंटर के यूज को देखने जा रहे हैं हम देखेंगे कि किस तरह पॉइंटर को फंक्शन के लिए पैरामीटर के रूप में पास किया जा सकता है और हम ये भी देखेंगे की क्या होता है जब फंक्शन पॉइंटर रिटर्न करता है हम मेमोरी एड्रेसेस और पॉइंटर्स के बारे में बहुत सी बातें करेंगे तो चलो जल्दी से देखते हैं इस टर्म्स का क्या अर्थ है मेन मेमोरी बेसिकली स्टोरेज लोकेशन का सीक्वेंस है मेन मेमोरी में प्रत्येक लोकेशन पर वैल्यू स्टोर होती है जो कि एक बाइट या एट बिट्स होती है इसे उस लोकेशन का कंटेंट भी कहते हैं मेन मेमोरी में प्रत्येक लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस भी होता है पॉइंटर बेसिकली वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेन मेमोरी में लोकेशन का एड्रेस होता है और पॉइंटर वैल्यूड वेरिएबल्स उन मेमोरी लोकेशन के एड्रेस स्टोर करते हैं हम फंक्शन कॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं तो चलो जल्दी से रिकेप देखते हैं हम फंक्शन कॉल के बारे में क्या जानते हैं हम फंक्शन में दो में से एक तरीके ऐसी पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस हम जानते हैं कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड कॉल स्टैक से पुश और पॉप किए जाते हैं जो कि स्टैक सेगमेंट में स्टोर होते हैं और ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड और कॉल स्टैक बेसिकली वह होते हैं जिसके द्वारा हम जब फंक्शन कॉल और रिटर्न होता है तब लोकल वेरिएबल पैरामीटर पासिंग और फ्लो ऑफ कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं हमने ये भी देखा था की प्रोग्राम में सभी फंक्शन के सभी लोकल वेरिएबल फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्पेस एलोकेट करते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड खुद ही अपने आप को कॉल स्टैक में पुश करता है और कॉल स्टैक सेगमेंट में रहता है तो सभी फंक्शंस के सभी लोकल वेरिएबल स्टैक सेगमेंट में रहते हैं तो अब हमने पॉइंटर्स और फंक्शंस का विस्तार से रिकेप किया है चलो पूछते हैं क्या हम फंक्शन पैरामीटर के रूप में पॉइंटर्स को पास कर सकते हैं ठीक क्यूँ नहीं सी कोई पाबंदी नहीं लगाता की कि आप किस टाइप की वैल्यू पॉइंटर्स के रूप में पास कर रहे हैं तो हम फंक्शन पैरामीटर्स के रूप में पॉइंटर को पास कर सकते हैं परंतु फिर हम फंक्शन पैरामीटर्स के रूप में वैल्यूज को पास कर रहे हैं क्या यह कॉल बाय वैल्यू या यह कॉल बाय रेफरेंस होगा हमारे पर्पज के लिए इस लेक्चर में हम कॉल बाय वैल्यू को देखने जा रहे हैं हालांकि ये नोट करना महत्वपूर्ण है की सी पॉइंटर्स के लिए पासिंग रेफरेंस की भी अनुमति देता है और वास्तव में जब आप रेफरेंस द्वारा पैरामीटर पास करते हैं और जब वह पैरामीटर पॉइंटर वैल्यू वेरिएबल है जैसे कि int स्टार और char स्टार C++ कंपाइलर इसे उसी तरह ट्रीट करता है जैसा कि जब आप रेफरेंस द्वारा पैरामीटर पास करते हैं और वह पैरामीटर बेसिक डेटा टाइप का वेरिएबल हो जैसे कि int और char। चलो एक उदाहरण के प्रोग्राम को देखते हैं तो यहाँ मेन प्रोग्राम है इसमें दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं। मैं उनकी वैल्यूज पूछता हूँ और रीड करता हूँ और फिर मैं इस फंक्शन स्वेप बाई पॉइंटर को कॉल करता हूँ अब नोटिस करें कि मैं इस फंक्शन के लिए पैरामीटर्स के रूप में क्या पास कर रहा हूं, वेरिएबल m और n का एड्रेस तो मैं बेसिकली फंक्शन स्वैप बाय पॉइंटर के लिए पॉइंटर्स को पैरामीटर के रूप में पास कर रहा हूँ तो फंक्शन स्वैप बाय पॉइंटर का डिक्लेरेशन मुझे कहना होगा कि ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, या बेसिकली इंटीजर पॉइंटर्स जब मैं ये फंक्शन डिफाइन करता हूँ जब मैं ये स्पेसिफाई करता हूँ कि ये किस तरह कार्य करता है मुझे इसके दो फॉर्मल पैरामीटर्स को इंटीजर्स के रूप में भी डिक्लेयर करना होगा अब चलो देखते है क्या होता है जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है इस फंक्शन में मैं बेसिकली m और n की वैल्यूज को रीड कर रहा हूँ मैं मेन फंक्शन के अंदर हूँ तो स्टैग सेगमेंट में मेरे पास मेन फंक्शन या एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा मेन फंक्शन का यह एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मेन फंक्शन कॉल होता है। अब यह एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेन के सभी लोकल वेरिएबल के लिए स्टोरेज रखता है तो इसके पास m और n के लिए स्टोरेज होगा m और n एंटीजर्स टाइप के हैं। इनमें से प्रत्येक को 32 टू बेट्स या 4 बाइट्स की जरूरत होती है और ये मैंने ये 4 बाइट्स को स्टैक सेगमेंट में 4 एडजेस्टेबल मेमोरी के रूप में दर्शाया है ज्यादा स्पष्ट रूप से मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बेशक मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड अन्य बुककीपिंग कीपिंग के बंच को भी रखता है चलो करंट डिस्कशन के लिए उनके बारे में चिंता करते हैं तो यदि मैं एम और एन की वैल्यू के रूप में 5 और 6 प्रोवाइड करता हूँ फिर 5 और 6 मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में एम और एन के लिए एलोकेटेड मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ मुझे न्यू एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाना होगा तो नोट करें कि उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में पैरामीटर्स की वैल्यूज जो मैं पास करवाने जा रहा हूँ वह वास्तव में इंटीजर वेरिएबल्स का एड्रेस है तो पैरामीटर्स एक्चुअली एड्रेस है और मैं इन एड्रेसेस के साथ कॉल बाई वैल्यू करने जा रहा हूँ तो दरअसल मैं पैरामीटर्स के रूप में दो एड्रेस को पास कर रहा हूँ और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ मैं कॉल बाई वैल्यू करने जा रहा हूँ तो ये दो एड्रेस इस फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जो कि इस फंक्शन के लिए बनेगा कि फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए एलोकेटेड स्पेस में कॉपी हो जाएंगे तो यहाँ है स्वैप बाय पॉइंटर के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ है इसके दो फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए इसमें एलोकेटेड स्पेस और मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में एम और एन वेरिएबल्स का एड्रेस जो कि बेसिकली x740 और x780 है याद रखें, जब हम वेरिएबल्स के एड्रेस के बारे में बात करते हैं हमारा मतलब होता है उस वेरिएबल के लिए एलोकेटेड बाइट्स के कंटिन्यूस सीक्वेंस के फर्स्ट बाइट का एड्रेस तो m का एड्रेस x740 और n का एड्रेस है x780 तो ये दो वैल्यूज अब कॉपी हो जाएंगी तो ये कॉल बाई वैल्यू है तो ये एड्रेसेस की वैल्यूज जो कि x740 और x780 है स्वेप बाय पॉइंटर के दो फॉर्मल पैरामीटर के लिए एलोकेटेड स्पेस में कॉपी हो जाएंगी तो यहाँ मेरे पास x740 और x780 सेवन एट वैल्यूज है ये टेम्प क्या है आप जल्दी देखेंगे कि स्वेप बाय पॉइंटर में लोकल इंटीजियर वेरिएबल भी है जिसे टेम्प कहते हैं और ये बेसिकली स्वेप बाय पॉइंटर के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में उनके लिए एलोकेटेड स्पेस है एक बार फिर यह एक्टिवेशन रिकॉर्ड में अन्य बुककीपिंग कीपिंग भी होगी हमें थोड़े समय के लिए उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए अब स्वैप बाई पॉइंटर फंक्शन के अंदर ये हमारा लोकल वेरिएबल है टेम्प जिसके लिए हमने पहले से ही स्पेस एलोकेट की है और ये पहला एग्जीक्यूटिवल स्टेटमेंट है टेम्प में स्टार पॉइंटर को असाइन करते हैं अब नोट करें की पॉइंटर एक्स में वास्तव में वैल्यू है जो की मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में वेरिएबल का एड्रेस है तो जब मैं स्टार पॉइंटर एक्स को एग्जिक्यूट करने के लिए कहता हूँ मैं इससे बेसिकली ये कहता हूँ कि मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड से वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त करें तो ये इंटरेस्टिंग है मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा हूँ तो वह वैल्यू क्या है ये एक्स है तो वह टेम्प के लिए एलोकेटेड मेमोरी स्पेस में कॉपी हो जाएगी तो यहाँ ये होता है और फिर जब मैं अगले स्टेटमेंट में जाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ की पॉइंटर वाई की वैल्यू को देखो जो कि एक्स सेवन एट जीरो है उस एड्रेस के साथ मेमोरी लोकेशन में जाओ स्टार पॉइंटर y मेमोरी लोकेशन के उस कंटेंट को कह रहा है जिसका एड्रेस पॉइंटर y के वैल्यू द्वारा दिया गया है तो उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट जिसका एड्रेस एक्स सेवन एट जीरो है एक बार फिर यह वास्तव में मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में है तो मुझे उस वैल्यू को वहाँ से रीड करना होगा जो की मुझे वहाँ से एक्स को रीड करना होगा और मुझे इसे मेमोरी लोकेशन में असाइन करना होगा जिसका एड्रेस पॉइंटर एक्स की वैल्यू द्वारा दिया गया है तो पॉइंटर x मुझे x740 वैल्यू देता है मुझे इसे एड्रेस के रूप में ट्रीट करना होगा x740 एड्रेस की मेमोरी लोकेशन में जाओ और उसे वैल्यू 6 के साथ अपडेट करो जिसे मैंने अभी रीड किया है तो यहाँ ये यह हुआ है तो मैंने बेसिकली मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में m को मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में n की वैल्यू से अपडेट किया है परंतु ये सभी अपडेशन कॉल्ड फंक्शन स्वेप बायर के अंदर से ही हुए हैं और मैंने ये चमत्कार कैसे किया मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में वेरिएबल के लिए पॉइंटर्स को स्वेप बाई पॉइंटर फंक्शन के पैरामीटर के रूप में पास करके और फिर उन पॉइंटर्स की डी करके मैं मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ क्या होगा जब मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ मैं टेम्प की वैल्यू जो की फाइव है उस मेमोरी लोकेशन में उसको कॉपी कर रहा हूँ जिसका एड्रेस पॉइंटर y के वैल्यू द्वारा दिया गया है तो पॉइंटर y की वैल्यू एक्स सेवन है यह मेमोरी लोकेशन वेरिएबल n के लिए रिजर्व है तो बेसिकली n वैल्यू 5 से अपडेट हो जाएगा तो नोट करें कि वास्तव में क्या होता है कि m और n के कंटेंट मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्वैप हो चुके होते हैं परन्तु ये सब स्वैप पॉइंटर फंक्शन के अंदर होता है यह स्वैप बाई पॉइंटर फंक्शन द्वारा होता है तो अब जब मैं स्वैप बाई पॉइंटर से रिटर्न होता हूँ क्या होता है कि स्वेप बाय पॉइंटर का एक्टिवेशन रिकॉर्ड जा चुका होता है हालांकि m और n की वैल्यू पहले ही स्वैप हो चुकी है तो अब जब मैं m और n की वैल्यू को प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ मैं वास्तव में स्वैप हुई वैल्यूज को प्रिंट करता हूँ तो कहानी का तात्पर्य ये है कि फंक्शन पैरामीटर के रूप में पॉइंटर्स को पास करके इस केस में कॉली स्वैप बाई पॉइंटर फंक्शन वास्तव में कॉलर के लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं इस केस में मेन तो ये सच में एक तरीका है कॉली और कॉलर के बीच वेरिएबल्स शेयर करने का और हमने देखा था कि इसे करने के लिए हम रेफरेंस द्वारा भी पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है की जब हम रेफरेंस द्वारा पैरामीटर को पास करते हैं सी प्रोग्राम में कंपाइलेशन के बाद वास्तव में पासिंग पॉइंटर पैरामीटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो इस तरह से कॉल्ड फंक्शन या कॉली फंक्शन कॉलर फंक्शन में या कॉली फंक्शन में वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं ये सब पॉइंटर्स के द्वारा होता है परंतु इनके पॉइंटर्स पीछे से कार्य करते हैं हम केवल ये कह सकते हैं कि हम रेफरेंस के द्वारा पैरामीटर्स पास कर रहे हैं बेशक जब आप रेफरेंस के द्वारा पैरामीटर्स पास करते हैं कुछ और बुक होती है और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा बेसिकली रेफरेंस के द्वारा पैरामीटर्स पास करना एक बेहतर तरीका है पॉइंटर्स द्वारा पैरामीटर पास करना जहां पॉइंटर्स द्वारा पैरामीटर सीम्स के पीछे से पास होते हैं जहां पॉइंटर्स द्वारा पैरामीटर के पीछे से पास होते हैं तो इसे समझने के लिए मैंने यहां एक प्रोग्राम लिखा है वह अभी दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वेप करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल पहले के जैसे हमारे पास दो इंटीजर वेरिएबल्स है और हम इनमें वैल्यूज रीड करते हैं और फिर मैं स्वैप बाई पॉइंटर को कॉल करता हूँ पहले जैसे ही M और N के एड्रेस के साथ और हमने अभी ही देखा है कि बेसिकली यह मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में M और N की वैल्यूज को स्वैप करने जा रहा है परंतु इसके बाद मेरे पास ये फंक्शन भी है जो कि स्वैप बाय एम एन है और नोट करें कि मैं इन दो पैरामीटर्स को रेफरेंस द्वारा कॉल कर रहा हूँ तो स्वेप बाय के डेक्लेन में मुझे कहना होगा की ये दो पैरामीटर कॉल्ड बाय रेफरेंस है इस फंक्शन की डेफिनेशन में मुझे ये कहना होगा की दो पैरामीटर कॉल्ड बाय रेफरेंस है तो जब मैं फंक्शन को पॉइंटर पैरामीटर्स के साथ कॉल करता हूँ मैं वास्तव में ये बताना चाहता हूँ कि एड्रेसेस क्या हैं, उन पॉइंटर्स की वैल्यूज फंक्शन कॉल होने के पहले क्या थी और फिर फॉर्मल पैरामीटर पॉइंटर टाइप का होना चाहिए और इन पॉइंटर्स की सच में डी करने के लिए फंक्शन के अंदर ही मुझे ये सारे स्टार्स को यूज करना है जबकि जब मैं रेफरेंस के द्वारा पैरामीटर्स पास करता हूँ मैं एक्चुअली नॉर्मल वेरिएबल को यूज करके उनको कॉल करता हूँ और यह केवल फॉर्मल पैरामीटर के डेक्लेन में होता है जिसे की हम कहते हैं की यह पैरामीटर्स वास्तव में व पैरामीटर्स है जो की रेफरेंस के द्वारा पास हुए है फंक्शन की बॉडी में मुझे कोई स्टार या कोई और ऑपरेटर को यूज करने की जरूरत नहीं है मैं केवल इन वेरिएबल्स x और y को यूज कर सकता हूँ इस तरह से कि ये इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं। तो आपने क्या देखा कि हम स्वैप बाय पॉइंटर के बारे में सच में बैकएंड वे के रूप में सोच सकते हैं जिसके द्वारा कंपाइलर स्वैप बाई रेफ को इम्प्लीमेंट करता है क्यूँकी स्वैप बाय रेफ में ये फंक्शन को मेन के वेरिएबल को एक्सेस करने की जरूरत होती है मेन के वेरिएबल्स को एक्सेस करने देना वास्तव में मेन वेरिएबल्स को पॉइंटर्स पास करना है तो हम ये जानते हैं कि मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में कौन सी मेमोरी लोकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो स्वैप बाय पॉइंटर को इस तरह से सोच सकते हैं कि कंपाइलर किस तरह से स्वैप बाय रेफ को इम्प्लीमेंट कर रहा है परंतु बेशक स्वैप बाई रेफरेंस उपयोग के लिए ज्यादा स्पष्ट है हमारे पास ये सब स्टार्स यहाँ नहीं होते हैं हम सिर्फ पैरामीटर को इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल के रूप में रीड करते हैं अब क्या फंक्शन पॉइंटर रिटर्न कर सकता है निश्चित रूप से, परंतु जब आप फंक्शन से पॉइंटर रिटर्न करते हैं आपको सावधानी रखनी चाहिए कि पॉइंटर वास्तव में मेमोरी के वैद्य एड्रेस को पॉइंट कर रहा है विशेष तौर पर यदि पॉइंटर फंक्शन के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड में लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो अभी रिटर्न हुई है जब फंक्शन रिटर्न होता है वह एक्टिवेशन रिकॉर्ड फ्री हो जाएगा और तो जब आप उस एड्रेस को डी करने की कोशिश करते हैं आप वैलिड मेमोरी एड्रेस को नहीं देख सकेंगे और ये आपने प्रोग्राम को क्रैश कर दिया तो चलो इसे समझते हैं इस सिंपल प्रोग्राम द्वारा इस प्रोग्राम में मेरे पास बी इंटीजर वेरिएबल है और मेरे पास इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल ए है तो मैं बी में वैल्यू को रीड करता हूँ और फिर मैं बी के एड्रेस को इस फंक्शन माई फंक में पास करता हूँ और ये इंटीजर पॉइंटर को रिटर्न करेगा जिसे कि मैं ए में स्टोर करता हूँ और फिर मैं इस इंटीजर वेरिएबल को डीरेफरेंस करने की कोशिश करूंगा माय फंक क्या करेगा इसके पास लोकल वेरिएबल ए है ये उस लोकल वेरिएबल में कुछ कैलकुलेशन करता है कैलकुलेशन के बाद उस लोकल वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करता है और फिर इस लोकल वेरिएबल को एड्रेस रिटर्न करता है तो नोट करें की माईफंक के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में यह लोकल वेरिएबल है तो बेसिकली ये माइफंक के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में लोकल वेरिएबल का एड्रेस है तो जब मैं मेन फंक्शन में वापस आऊँगा माइफंक का एक्टिवेशन रिकॉर्ड जा चुका होगा ये मौजूद नहीं होता तो माइफंक द्वारा यहाँ जो एड्रेस रिटर्न होगा वह लोकल वेरिएबल ए का एड्रेस था माईफं वास्तव में बैड एड्रेस है जब मैं इसे डीरेफरेंस करने की कोशिश करता हूँ मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ एक वैकल्पिक प्रोग्राम है जहाँ मैं वास्तव में एक ही वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ इस ए की वैल्यू को उस मेमोरी लोकेशन में असाइन करता हूँ जिसका एड्रेस पॉइंटर बी की वैल्यू द्वारा दिया गया है और पॉइंटर बी क्या था पॉइंटर बी वास्तव में मेन फंक्शन में वेरिएबल के एड्रेस के लोकेशन का एड्रेस था तो जब मैं पॉइंटर बी को रिटर्न करता हूँ मैं एक्चुअली मेन फंक्शन में वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न कर रहा हूँ तो यद्यपि माय फंक्शन में ए लोकल वेरिएबल है परंतु जो वेरिएबल का एड्रेस मैं रिटर्न कर रहा हूँ वह वा वास्तव में मेन फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में है तो इसलिए मुझे वैध डीरेफरेंसिंग प्राप्त होती है तो सारांश में इस लेक्चर में हमने देखा कि फंक्शंस में पॉइंटर या एड्रेसेस को पैरामीटर के रूप में पास किया जा सकता है और इसे लगभग अचीव किया जा चुका है हमने कॉल बाई रेफरेंसिंग पैरामीटर पासिंग को यूज करके क्या अचीव किया था और ये है वास्तव में सीन्स के पीछे क्या होता है जब आप कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो हमने ये भी देखा कि इसमें कुछ चेतावनियाँ भी हैं जिसके बारे में जागरूक होना जरूरी है धन्यवाद